में इतहा की घड़ी आई है मोहब्बत में इंतहा की घड़ी आई है कि गम है अपनी खुशी पर आई है मोहब्बत में इंतहा की घड़ी आई है गम है अपनी सगी खुशी पर आई है जरा देखो दिल थाम के बैठो जरा देखो दिल थाम के बैठो ये आर पार की लड़ाई है मोहब्बत में इंतहा की खड़ी आई है